बिल्पा के धोए ना चढ़ाऊ ना वे हरी चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी चाहे तार दो हरी चाहे मारे दो हरी चमट कहता कि हे प्रभु हमें आपकी पैरों की धूलि की महानता मालूम है गौतम ऋषि किनारी चरण से तारी गौतम ता ऋषि किनारी चरण छुवती से तारी कृपा करो हरि कोमल है ये काठ की नाव हमारी कृपा करो हरी कोमल है ये काठ की नाव है हमारी आप तो पत्थर तार दिए हैं ये तो कोमल काठ की नाव है यही नई आ रही यही नई आ रही परिवार चाहे तार तो हरी चाहे मार दो हरी। चाहे तार दो हरी। चाहे मार दो हरी। प्रभु के चरण धोने के बहाने चरणायम ऋत पी डाला प्रभु के चरण धोने के बहाने अमृत पी डाला नैया बैठाए प्रभु को गंगा पार उतारा क्या तू तेरा ही पड़े सोच अचारे हरी चाहे तार दोहरी तो चाहे मारे दोहरी तो चाहे तार दोहरी तो चाहे मारे दो तो हरी धोए न चलाऊ रे नाव ये हरी चाहे तार तो हरी चाहे मारे दो हरीरा जड़ी अंगूठी प्रभु के दिन ही सीता माई हीरा जड़ी अंगूठी प्रभु के दिन्ह सीता माई कहने लगी केवट भैया ये लो तुम उतराई कहने लगी केवट भैया ये लो तुम तेराई केवट को अंगूठी दे रही है माता सीता केवट मना कर देता है भाव विभोर हो जाता है केवट कहता है अब की बार न ले अगली बार ये हरी अगली बार ये हरी चाहे तार दो हरी चाहे मर दो हरी चाहे तार बिन पग धोए ना चढ़ाऊ ना वे हरी चाहे तार दो हरी चाहे मारे दोहरी, चाहे तारोहरी चाहे मारे दो हरी दशरथ नंदन हे रघुनंदन आप हो नाव चलया केवट करता की हे प्रभु आप भी नाव चलाते हो हम भी नाव चलाते हैं आप भागर में नाव चलाते हैं हम एक नदी में काट का नाव चलाते हैं दशरथ नंदन रघुनंदन आप हो नाव चलैया दशरथ नंदन हे रघुनंदन आप हो नाव चलैया सारे जग के पालन हारे आप हो पार लगैया जब जाऊं तुम्हारे द्वारे तो तुम हर ये हरी चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी बिन पग धोए ना चढ़ाऊ हरी ये थोया ना चला ना वे ये हरी चाहे तारे दो हरी चाहे मार दो हरी चाहे तार दो हरी चाहे मार दो